दोस्तों यह है गार्लिक और यह है गार्लिक की क्लोस जिसे बोलते हैं गार्लिक की कलियां गार्लिक को हम लोग हिंदी में लहसुन भी बोलते हैं मेरी मम्मी गार्लिक की चटनी बहुत अच्छी बनाती है वाओ दोस्तों मेरी मम्मी को गार्लिक छीलने में बहुत प्रॉब्लम आती है मम्मी ये छील के ऐसी छीलती है पर तो मम्मी को बहुत दिक्कत आती है तो मैंने मम्मी को तीन वेज जिससे बहुत बहुत मेर, बहुत मम्मी अच्छे से बनाने लग गई ये दोस्तों गार्लिक के लिए ना ये पीलर काम करता है ना ये पीलर काम करता है दोस्तों चलो मैं आपको नई टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ पहला तरीका आप कोई भी कटोरी चम्मच चाकू यूज करके फ्लैट चीजें यूज करके आप ये फर्स्ट तरीका ये अपना सकते हैं पहले क्या करना आपको गार्लिक को ऐसे प्रेस करना एकदम फिर उसके बाद ये क्लोव निकलेंगे फिर क्लोव को जो फ्लैट तरी, फ्लैट तरीके के जैसे चाकू या चम्मच है उससे प्रेस कर दे बहुत आराम से निकलेंगे दूसरा तरीका है कि आपको जो गार्लिक है उसे 10 मिनट तक गर्म पानी में डालना है और फिर 10 मिनट बाद आप जब निकालोगे तब तो बहुत इजीली पील हो जाएंगे अब मैजिकल तरीका दोस्तों गार्लिक को 20 सेकेंड्स के लिए आपको ये माइक्रोवेव के अंदर रख देना है और फिर ट्वेंटी सेकेंड्स के बाद आप जब निकालोगे तब तो देख लेना माइक्रोवेव से गार्लिक को निकालने के बाद थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे ये एकदम मैजिकल तरीका है कि मैंने लहसुन को अभी जस्ट माइक्रोवेव से निकाला और कितनी जल्दी से छील रहा है मम्मी हर टाइम ये यूज़ करती है बहुत अच्छा है और मम्मी ने अभी चटनी तैयार रख दी है गार्लिक की हमें को बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है मैंने टेस्ट कर ली है और मैं और खाऊँगा वाह